बेटा बताओ तुम्हारा माउथ कौन है माउथ टीथ कौन है आई आई अच्छा हेड कौन है हेड अच्छा और तुम्हारा नोज कौन है नोज ये है और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं ईयर कौन है ईयर ईयर बता दो तो अच्छा वो है और तुम्हारा है? लेक? लेग कौन है लेग लेग लेग अच्छा वो है